मेरे प्रिय दर्शकों आप सभी का स्वागत है राशिफल के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि दिनांक 4 मई 2019 का दैनिक राशिफल कैसा होगा शनिवार के दिन क्या राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि तक के लोगों के लिए कैसा होगा इस दिन को शुभ कैसे बनाया जाए क्योंकि तो शनिदेव वक्री हो चुके हैं उस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना लिए आप लोग जा के देख सकते हैं चैनल में तो इस दिन को प्रभावी कैसे बनाया जाए शुभ कैसे बनाया जाए इन सभी पर बात करेंगे और हाँ आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी दृष्टि डालेंगे तो दर्शकों अधिक समय न लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि हमारा ये जो पंचांग है लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो विक्रम संबत् दो परिधावी नामक संबत् सर एसख संबत्त विकारी नामक संवत्सर है उत्तरायण चल रहा है बसंत ऋतु है बैसाख माह से कृष्ण पक्ष और चैत्र कृष्ण पक्ष की जो तिथि रहेगी ये जो है चतुर्दशी तिथि सुबह चार बजकर पाँच मिनट तक की रहेगी उसके उपरांत अमावस्या तिथि लग जाएगी और नक्षत्र रहेगा शनि उसके उपरांत भरणी नक्षत्र रहेगा योग रहेगा प्रीति और प्रीति योग के बाद जो है आयुष्मान योग रहेगा जो करण रहेगा शक्नी रहेगा फिर चतुष्पाद रहेगा और फिर उसके बाद नागकरण रहेगा देखिए पंचांग पाँच अंगों से मिल करके बना होता है ये पाँच अंग कौन कौन है तो तिथि वार नक्षत्र योग योगकरण चंद्रदेव जो आज रहेंगे ये मेष राशि में गोचर करेंगे सूर्योदय की बात करें तो प्रातः पांच बजकर उनचास मिनट पर सूर्योदय होगा सूर्यास्त की बात करें तो शाम को छ बजकर 48 मिनट पर सूर्यास्त होगा राहु काल एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि दौरान शुभ कार्यों को नहीं करना है तो जो शनिवार के दिन का राहु काल होगा ये सुबह नौ बजे से साढ़े दस बजे तक का रहेगा और यदि आपको शुभ कार्यों को करना हो तो आप विजय मुहूर्त में कर सकते हैं बारह बजकर तेईस मिनट से बारह बजकर सैंतालीस मिनट तक आप कर सकते हैं दर्शकों शनिवार के दिन हम दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि आवश्यक कुषमाण्ड भी बोला जाता है ये फल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए तो दर्शकों राशि फल पर आगे बढ़े उससे पहले एक आवश्यक सूचना यह देनी है दिनांक अठारह से तेईस मई हमारा गुजरात का जो है प्रोग्राम लगा हुआ है इच्छुक दर्शक जो तो अधिकारियों से आज आपको विशेष सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है चंद्रदेव आज आप ही राशि में गोचर कर रहे हैं आज आप अपने सभी प्रयासों में सफल होते हुए नजर आएंगे आपकी कुछ पोषित इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके पास कुछ नए कार्य आ सकते हैं कोई नई नौकरी कोई नई जॉब मिलती हुई नजर आएगी वही जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेगा घर परिवार में सुख शांति का वातावरण छाया रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो शनिवार दिन रहेगा आज आप लोग कोशिश कीजिए कि दशरथ के शनि का पाठ करिए और पीपल के वृक्ष पर आज आप लोग जल जरूर चढ़ाइए मेष राशि के जात आज आज के लिए शुभ कलर क्या रहेगा तो आज जो है आपको वाइट कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा और शुभ अंक की बात करें तो अंक तीन आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा वृषभ राशि की ओर पढ़ते हैं कैसा रहेगा दिन तो पारिवारिक मामलों में उलझन आएगी और आज हो सकता है कि आपको विदेश से कोई जो है शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे कोई कठोर निर्णय आज आपको गुस्सा दिला सकते हैं वहीं आज आपका पैसा अधिक खर्च होगा आपके लिए धैर्य और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना श्रेयकर रहेगा स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ को की हाँ की को, तो की की तो कोशिश कीजिएगा किसी मजदूर को बैगन से बनी हुई कोई वस्तु यदि आप आज खिलाते हैं या आप फरेंदा जिसको जामुन भी बोला जाता है वो भी खिला देते हैं तो पर्याप्त है दूसरा आज एक प्रयोग यह करना है कि चाय पत्ती का दान आज आप धर्म स्थान पर जरूर करिए आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये नीला रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक तीन आपका भी शुभ अंक रहेगा मिथुन राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज व्यावसायिक यात्राओं का योग मिथुन राशि के जातकों के लिए बन रहा है भाग्य आज आपका साथ देगा इसलिए आज आप व्यवसायिक जीवन से के संबंध में कोई नई योजना बना सकते हैं किंतु किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं आर्थिक लेनदेन आपको सोच समझ कर करना पड़ेगा और ना चाहते हुए भी आज सामाजिक समारोहों का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा आज शाम तक की आपके पास जो है धन लाभ होता हुआ दिख रहा है और एक अच्छा धन लाभ होता हुआ दिख रहा है यदि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर कहीं फँसा है या किसी को आपने दिया हुआ उधार तो बहुत उम्मीद है कि आज आपको मिले उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग कोशिश कीजिए कि शनि चालीसा का आप लोग पाठ करिए और घर से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अदरक वाली चाय पी करके तब जाइए शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो ग्रीन कलर आपका शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो अंक छे आपका शुभ रहेगा कर्क राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए तो कर्क राशि के जातकों आज नौकरी में हालात सामान्य रहेंगे विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा मनचाह नतीजा मिलेगा आज शत्रु आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे लेकिन आपका हित नहीं कर पाएंगे आज आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के तमाम अवसर आएंगे उच्चाधिकारी आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे कोई मित्र आज आपकी मदद के लिए आगे आता हुआ दिखेगा प्रेम संबंधों में कुछ अनबन की स्थिति दिख रही है आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना रहेगा तो उपाय क्या करना रहेगा कर्क राशि के जातकों को कर्क राशि के जातकों आज भगवान भोलेनाथ पर दूध में काला तिल डालकर के ओम नमः शिवाय मंत्र से आप लोग अभिषेक करिए शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज व्हाइट कलर आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो एक नंबर आपका शुभ अंक रहेगा सिंह राशि की ओर पढ़ते हैं कैसा रहेगा आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए तो सिंह राशि के जातकों की आज लोकप्रियता अच्छी रहेगी चरम पर रहेगी कई महत्वपूर्ण लोगों के साथ आज आपके संपर्क स्थापित होते हुए नजर आएंगे आज आपके शत्रु भी आपकी जो है गुणगान करेंगे प्रशंसा करेंगे व्यवसायिक क्षेत्र में आज आपकी स्थिति काफी मजबूत होती हुई नजर आएगी सामाजिक लोकप्रियता के चलते आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे आज आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल रहेगा आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं पर घूमने फिरने या किसी टूर पर बाहर जा सकते हैं कोई धन लाभ होता हुआ भी आज के दिन आपको दिख रहा है विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत अच्छा रहने वाला है उपाय क्या करना है सिंह राशि के जातकों को तो सिंह राशि के जातकों कोशिश कीजिए कि भैरव मंदिर में आज आप लोग दूध का दान दीजिए और हो सके तो किसी मजदूर को कुछ मीठा भोजन जरूर आप लोग खिलाइए। शुभ कलर पे आ जाते हैं सिंह राष्ट्र के जातकों के लिए तो शुभ कलर आज आपका जो रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा पांच तो कन्या राशि के लिए क्या कहते हैं आज के सितारे तो कन्या राशि के जात को आज का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है बनते हुए काम कुछ बिगड़ सकते हैं आज आपको ऐसा लगेगा कि सब आपके खिलाफ रहेंगे दोस्तों का रवैया भी आज आपको परेशान करता हुआ नज़र आएगा अपेक्षित फल न मिलने से विद्यार्थी वर्ग को निराशा रहेगी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा नहीं तो किसी बड़ी बीमारी का आप लोग शिकार हो सकते हैं उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिए कि आज आप लोग चाय पत्ती का दान धर्म स्थान पर करिए और यदि हो सके तो किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा आप लोग चॉकलेट या टॉफी कैंडी वगैरह कुछ भी खिला सकते हैं आपके लिए जो शुभ कलर आज रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक की बात करें तो दो नंबर आपका शुभ अंक रहेगा तुला राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन तो संपत्ति के क्रय विक्रय की संभावना प्रबल है उच्च पद पर आसीन किसी व्यक्ति से आज आपके निजी संबंधों को लाभ होगा अनैतिक संबंधों से बचिएगा अन्यथा आज आप जो है रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं आज आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत तल्स मिजाज रहेंगे पारिवारिक तनाव हो सकता है प्रेम संबंध कुछ ब, बुरा मोड़ ले सकता है आज आपका स्वास्थ्य भी चिंता का विषय जो है रख सकता है आज जो है आप वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि तिल का दान आप लोग धर्म स्थान पर करिए और यदि हो सके तो शनि मंदिर में जा करके आज आप लोग जो है एक दीपक तिल के तेल का अवश्य जलाएं आपके लिए शुभ कलर की बात बात करते करते हैं हैं तो तो सिलेटी कलर शुभ शुभ शुभ रहेगा, रहेगा। अंक की तो नंबर आपका सर्वथा वृश्चिक राशि लोगों से आज आपके संपर्क बढ़ेंगे नौकरी में हालात भी सुधरने की संभावना है भाग्यशाली समय आज आपका मनचाह काम होता रहेगा पारिवारिक जीवन बेहद सुखमय रहेगा आज आप लोग कला संगीत के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी छोटी मोटी बीमारियों से आज आपको कुछ परेशानी होती हुई दिख रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आज के दिन आप लोग जो है शनिदेव के दर्शन करिए और पीपल के वृक्ष के नीचे एक तिल के तेल का दीपक जरूर जलाइए यदि गाय जो है आपके आसपास रहती हूँ तो गाय को आज आप लोग आ, रोटी पे घी जो है आप रख दीजिएगा उसके बाद गाय को जरूर खिलाइएगा शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज के लिए येलो कलर आपका शुभ रहेगा शुभ अंक रहेगा चार बढ़ते हैं हमारी अगली राशि धनु राशि की ओर तो धनु राशि के जातकों आज का दिन आप में से कुछ के लिए काफ़ी विवादास्पद साबित हो सकता है आज आपको अपने वरिष्ठों की उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा और आपके सहयोगी आज आपकी कमजोरियों को भुनाने में जो है लगे रहेंगे आज आपकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा हावी रहेंगी जहाँ तक संभव हो आज आप लोग जो है किसी से बात विवाद से बचिएगा उच्च अधिकारियों के सामने बहुत ज़्यादा आप लोग अपने आप को प्रेजेंट मत करिएगा आगे मत जाइएगा आज यात्राओं का योग बन रहा है यदि हो सके तो धार्मिक यात्राओं पर आज आप लोग निकल लीजिए परिवार के साथ उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा धनुराश के जातकों को तो धनुराशि के जातकों आज केसर का सेवन अधिक से अधिक करिए और यदि हो सके तो आज तांबे से बनी हुई कोई वस्तु का दान आप लोग धर्म स्थान पर जरूर करें शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज के लिए क्रीम कलर आपका शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो आपके लिए छः अंक सर्वथा शुभ रहेगा कैप्टी कॉन मकर राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज अपने संपर्कों के कारण आज आप व्यापारिक और व्यावसायिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं आज आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको विजय दिलाते हुए नजर आएंगे चौतरफा आज आपकी प्रशंसा होगी आपकी शक्तियों में इजाफा होगा आज आपके परिवार में बुजुर्ग आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे भाई बहनों का साथ आज आपको उत्तम मिलेगा कोई पुराने दोस्त से या रिश्तेदार से मुलाकात होती हुई नजर आ रही है यदि आपने पूर्व में कोई निवेश किया है तो उससे आपको लाभ होगा अविवाहित लोगों को कोई प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा और ये जो जो है प्रेम का प्रस्ताव है ये आगे विवाह के बंधन में भी बन सकता है उपाय क्या करना रहेगा चूंकि शनि की साढ़े आप पर चल रही है तो कोशिश कीजिए दशरथ के शनि स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो आज सुंदर आप लोग जरूर पढ़िए शुभ कलर की बात करते हैं तो आज व्हाइट कलर आपके तो आती, आती तो सफल होंगी सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी पारिवारिक मामलों में सावधानी से काम लीजिएगा संयमित दिनचर्या आज यदि आप अपना रहे तो ठीक रहेगा प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय है आज संतान के यदि आप शिक्षा को लेकर के चिंतित हैं तो उससे आप लोग बाहर निकल जाइए क्योंकि आज का दिन आपके संतान के लिए अच्छा रहने वाला है आपकी मेहनत रंग लाएगी आर्थिक संदर्भ में विवादास्पद घटनाक्रम सामने आ सकते हैं अतः आज आप लोग सावधानी रखिएगा वाड़ी पर अपने संयम रखिएगा उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिए कि आज चाय पत्ती का दान आप लोग भी धर्म स्थान पर करिए और काजल काजल आप जानते होंगे काजल भैरव मंदिर में दान कराइए शुभ कलर पर आ जाते हैं तो आज के लिए आपका शुभ कलर रहेगा स्काई ब्लू शुभ अंक पर आ जाते हैं तो एक नंबर आपका शुभ रहेगा अंतिम राशि मीन राशि लेकिन आप लोग भूले तो नहीं है 18 से 23 मई अहमदाबाद सूरत तो जो भी इच्छुक दर्शक है आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं पर्सनली मिलकर के तो मीन राशि के जातकों को व्यावसायिक संदर्भ में आज का दिन एक नए उद्गम के साथ शुरू होगा आज आप नए सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं जो भविष्य में अति लाभदायक सिद्ध होगा व्यवसायिक और सामाजिक दायरे में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है पारिवारिक जीवन आरामदायक और शांतिपूर्ण रहेगा आज आपके पास नए अधिग्रहण कुछ हो सकते हैं भूमि से रिलेटेड भवन से रिलेटेड मामलों में आज, आज आपको विजय मिलेगी आज कोर्ट कचेरी में यदि कोई जो है आपका केस वगैरह है तो आपके पक्ष में बहुत हद तक की सितारे इंडिकेट कर रहेगी फैसला है इसके साथ साथ आज यात्राओं का भी योग है लंबी दूरी की यात्राएँ कर सकते हैं माता के को लेकर के चिंता कुछ ज्यादा ही रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज हनुमान अष्टक का आप लोग पाठ करिए और दशरथ के शनि का पाठ भी आप लोग करिए तो येलो कलर शुभ रहेगा शुभ अंग की बात करते हैं तो आपके लिए चार नंबर शुभ रहेगा तो ये तो था मे से लेकर के मीन राशि तक के राशियों का हाल कैसा लगा प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए हमारे इस राशिफल के वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए इसको शेयर जरूर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार